Kya pata tumhe singer Dil dil se jo saaz music rock Se chori chori ka score mujhko dikha do toh ka badh raha sa hai हरे बार बार दिले रोवे थारी हेडक की मारी जान मारी हेडक की मारी हे दिले मारो तू पे ओ जात मन में आवे बाप भी तारी हे दिले मारो रो वेरी तुप ए जात मन मैं आवे बाप भी तारी दिल मारो रो ज्ञात मन में अब बाब भी नारी हर करती तो शादी क्यों दिल टूट तो मारो ज्ञान दिल टूट तो मारो तेरे सांस पाप की जानो नवे बौबूत तोह नारो हेज तेरे सांस बात की जानो नवे बऊत तो धारो हे जेरे सांस बात की जानो नवे बऊ भूप तो दुश्मन के कान छोड़ तू सासरे ससाली बाविली सासर चाली जानू मारी जबरन तू गाली दिल की कोट खाली। थाली हे जानू मारी जबरन तू गाली दिल की कोट डी मारी तबरन कू करताली दिल की कोटी ताली हरे आती जाती मल तीरी जो बार तुम्हारा पे ज्ञान मारी बार तुम्हारा पे कोई दिन आदि में आजादी मारी तो एक सारा पे कोई दिन आदि में आजादी मारी एक सारा पे एक कोई दिन देने आदि में आजादी मारी एक सारा पे तनू मारी याने अजक दूर चलेगी दूर चलेगी हे आसूए से लोरी करेगी हे आसू है शार बुरी देर करेलम एक लोरी करेगी हे आसू तेरे गी वी यू से गोसा गोसी फाइव सी योर क्वाट रिकॉर्डिंग स्टूडियो टू गॉट वर द हार्ड टुडे देख देख तस्वीर दिल मारो बोते रोवे रोवते जान मारी बोते रोवे बोत रोवत थारी दुनिया अलग वशाली सुख सु नींद सोवे थे हितन थारी दुनिया अलग वशाली सुख सो नींद सोवे थे पीतन थारी दुनियारी सुख सु नींद सोबे हरि तिल कु दे बस वारीख मल बाकी बतारी तारी तारीख मल बाकी मारी मन की मन मेरे में प्यार कर बाकी छोरी मारा मन गिरी मन मेरे गे दुन में तक प्यार कर भाती मारा मन गिरी मन मै तक प्यार तेरे दादी तनू तनु करोरी तो ऊँचू फोन कै माले ज्ञान मारी फोन कै माड़े इत पे यारे तोरे प्यार सुन में क्यों आप मारी पाल इतड़ पे ऐसारे बोरे प्यार सुन में क्यों आप मारी पाल इत पे हरी मोहबत का जानू जानती है तो ज्ञान मारी जानती है तो मल मेंस यार सुआ जोरी प्यार खान थी तो हिमल यार सु जोरी प्यार खान थी तो हिमल बेस यार सु जो प्यार खान थी तो हाँ जी दोस्तों प्रोग्राम, कैसर कंपनी, परेड प्रोग्रामीना प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके निर्माता निर्देशक कमले कमले भाई कमलेश मीणा और कलाकार भाई कमलेश मीणा मोबाइल नंबर निन्यानवे अट्ठाईस चौरानवे पचानवे पचानवे प्रताप भाई सुरेंद्र मीणा करेला मोबाइल नंबर तिरसठ पचास पैतालीस पचासी